हमारे जो जातक ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को एक किस्मत की चाबी देने जा रहे हैं आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा और निश्चित ही आपका भाग्य आपका प्रॉपर साथ देगा तो करना क्या रहेगा शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन पारद की लक्ष्मी जी को आपको लाना रहेगा और अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करना रहेगा नित्य आप लोगों को चंदन की धूप देनी रहेगी और एक गुलाब का फूल आप लोग छः महीने तक ये करिए और धन संबंधी मामलों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो एक गुलाब का फूल प्रतिदिन आप लोग चढ़ाइए इस पार्क जो है लक्ष्मी जी को और यदि हो सके तो श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का एक पाठ आप लोग जरूर करिए तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कुंभ राशि के जात कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिए कि और हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए दीजिए इजाजत दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार